मैं छोटा सा था 1977 की बात है चुनाव आया मुझे चुनाव के बारे में कुछ मालूम नहीं था छह साल का था मैं एक दिन घर में अजीब सा माहौल था मैं मां के पास गया बैठी हुई हैं इधर नहीं देख रही हैं मां के पास गया मैंने मां से पूछा मां से पूछा मम्मी क्या हुआ और मां कहती हैं हम घर छोड़ रहे हैं तब तक मैं सोचता था कि वो घर हमारा था तो मैंने मां से पूछा मां हम अपने घर को क्यों छोड़ रहे हैं और पहली बार मां ने मुझे बताया कि राहुल ये हमारा घर नहीं है ये सरकार का घर है और हाँ, अब हमें यहां से जाना है मैंने मां से पूछा मां कहां जाना है कहती है नहीं मालूम नहीं मालूम कहां जाना है मैं हैरान हो गया मैंने सोचा था कि वो हमारा घर था बावन साल हो गए मेरे पास घर नहीं है आज तक घर नहीं है और हमारे परिवार का जो घर है वो अलाहाबाद में है वो भी हमारा घर नहीं है तो जो घर होता है उसके साथ मेरा बड़ा अजीब सा रिश्ता है मैं बारह तुगलक लेन में रहता हूं मगर मेरे लिए वो घर नहीं है